यहाँ पर होने वाला है सबसे बड़ा खेल ये आप लोगों को भी देखना चाहिए मतलब ये चूतिया बंदा अपुन का आगे जा रहा था और आगे एक बंदा छुपा हुआ था आप देख लीजिए उसे मार देता है पर अपुन यहाँ पर रिक्श कोई भी लेने वाला नहीं है इसलिए इसे मरने देते हैं आसानी से और no जैसे ही ये बंदे अप उनके पास आएगी वैसे इसका काम कर डालेंगे खत्म आने दो इसे पास में आने दो इसने अपन के एक बंदे को मार दिया करेंगे तो हेड शॉट के साथ आप को इसका लॉक मिला है और तो मोबाइल भी हो रहा है लैग और कोई बात नहीं इसे पूरा मार डालेंगे और आप को किल मिल चुका है तो आप करिए यार लाइक शेयर सब्सक्राइब चालक ही